हरि मिया के हरी और पोतैया अपना शीला मैया के हरि हरिनी मिया के हरी और पोतैया अपना शीतला मैया के लहर भरी यैया अपना शीतला मैया के लहर भरी अंग नैया अपना शीतला मैया के हरि हरिनी मिया के हरिहर पतैया अपना शीतला मैया के लहरे भरी आंगन अपना शीतला मैया के लहरे भरी आंगन अपना शीतला मैया के We do love. लहरे भरी शीतला मैया के लहर भरी अंग अपना शीतला मैया भवाना दुखी अनके धान देली सूर्य के नैनावा पर सवार होके आवेदी भवानाम दुखी अनके धान देली सूर्य के नयनामा भगतन के थोड़ा कौलान हर सम मैया अपना शीतला मैया के भगतन के तौर कौलान हर समया अपना शीतला मैया के लहर भरी आंगन अपना शीतला मैया के लहर भरी आंगा नैया अपना शीतला मैया के भगिया भगिया बना बना दो आसा मन सा दो सुन्जे के बना दो लोगों पूरा के बिगड़ल हर घड़ी रती है अपना आचरा छैया अपना शीतला लहरे भरी अंगन अपना शीतलामा के लहर भर आंगन अपना शीतलामा के हरे भर अंगा भ अपना शीतला मैया